आने दो पापा पानी, पानी, पानी में भी आग, आग लगा दूंगा दूंगा और आज जो हंस रहे हैं हैं तेरे तेरे इस इस पर पर कि आज जो हंस रहे कसम एक दिन उनसे भी सलाम चोरी जारी करू ना बाबू है तू कि बाप मेरे साथ है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है आ कि मुझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया, दुनिया क्या कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया, दुनिया क्या कहती है क्योंकि ये दुनिया अपनी औलाद के बारे, बारे में, में कम, कम और दूसरों की औलाद के बारे में ज्यादा सोचती है